हेदीला लगी गो के दिला ला गल हाय रे हे दिला ला लागोरिया से दिला लगी लागोरिया से दिला लगी हे दिला ला गल मॉ के दिला ला गल हाय रे दिला लगी गोई गोहा पुडला गोरिया से दिला लगी गेल गोिया पुडला गोरिया से दिला लगी सर तो में लग रहा है सर थोड़ा थोड़ा थोड़ा बड़ा दिन को देखता हूँ तो मेरे को सर में लगता है बीनी देख बीनी चीनल मोके बोला बोला पुडला गोरिया से दिला लगी गेल पुडला गोरिया से दिला लगी बीन देख लीन चीनल मोके बोला बोला पुडल गोरिया से दिला लगी गे मोके हापुडल गोरिया से दिला लगी गे नावा, नावा क्या भाई थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है क्या करेंगे ये दोस्त तक तो तो मान भी नहीं रहे क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा मार हैं समझ के बस शुरुआत है के बस इतने दिन <laughs> लोग अच्छे हो और दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो मैं इतना मेहनत करता हूँ और... कोशिश करता हूं कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए फिर आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर नहीं करते तो प्लीज़ फ्रेंड लोग आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप पे तो पहुंच पाए और न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए मिलेगा और इसी तरह मैं न्यू न्यू वीडियो कोशिश करूँगा लाते रहेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इस तो कुछ सब्सक्राइब करा कर दीजिए और देखें मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए